सो है गेस वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो तो आपको क्या इस गेम का नेम पता है तो आप लोग कॉमेंट पे बोल देना तो मैं पता देता हूँ इस गेम का नेम क्या है तो इस गेम का नेम है पेटल प्राइम गेम तो यहाँ पर फुल PUBG वाली फीलिंग आता है इस गेम को खेल सकते हो तो यहाँ पर हमारा TDM डी स्टार्ट हो गया तो इस मैच में देखने को मिल जाता है एनिमी टोटल टेन एनिमी है तो हमारा टीम पे फाइव ऑपोजिट टीम पे है फाइव तो तो पर पर पर टोटल एनिमी है हमारा टीडीएम स्टार्ट हो हो हो गया पहले तो पहले जिसका स्कोर होगा उस टीम जाएगा जाएगा उसका आप तो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चल को को न्यु न्यु तो को सब्सक्राइब करो वीडियो मेरा टीम तो सामने रुको गेम पे देखता हूँ तो इस तरफ से बंधा आ सकते हैं मैं ऐसे से पहले देख के जाता हूँ सामने बंदा है तो मेरे को बचा दे गया पर तो मेरे अबे जो बोला मैंने वो आज साँचे हो गया तो मैंने एक को चपका दिया तो सामने और एनिवी देखने को मिलेगा तो मेरे को सर से यहाँ एक आया आया नहीं गड्ढी पीछे से मर गया इस हमारे को मरता ये पीछे से अरे भाई पीछे आ गया कोई रुक जा रुक जा बैठे एम्बुलेंसरे उल के मेरे को मार दिया so, कोई नहीं। मैं से आ गया। अब, अब इसका एक एक मार दिया इसको तो मेरे टीम का आ गया अब मेट आ जा एक साथ मारूंगा दोनों, दोनों को तो भाई मैंने दोनों को निपटा दिया यहाँ पार अब इस सामने से एक आ गया इसको पहले मारूंगा अभी इसको भी फिनिश कर दिया अरे टीमेट क्या करे मारना मैं अकेला ही मारूंगा कि सारे को यहाँ पर और एक रुको रुको दिखाई दे है अभी इसको डैमेज पीछे से कोई आके मार मार देना वह मरता क्यों नहीं थोड़ा फाइनली इसको भी मार दिया तो हमारा स्कोर हो गया यहाँ पर फोर्टीन उसका सेवेंटी चलो चलो जल्दी चल से चलो यार क्या कर रहे हो पीछे से आएगा देखना यार मेरे को सही इस साइड से जाना पड़ेगा नहीं नहीं रुको मेरा टीममेट है मैं अभी जा सकता हूँ इधर से सामने रॉल रोय है क्या नहीं नहीं पीछे से आगे एक भाई इसको इसको मारो, मारो मारो मारो पहले अबे हमारा टीममेट टीम मेट को मारे अभी मैंने कोई बात नहीं सामने एनिमी है देखने को मिला है मैप पे तो मैं अभी किधर से, से जाना सही रहेगा मेरे शायद से तो आप लोग अभी तक चैलेंट सामने एनिमी है पहले उसको मारना पड़ेगा अरे भैया आ जा ना मेरे को मारो अबे अभी उसने एम किया था एन मेरे सामने आ गया तो उसको पहले मार दिया यहाँ पर दो बन रहे मेरे ऊपर यहाँ पर पूरी स्पॉट था मेरे को मार दिया कोई बात नहीं दोबारा से यहाँ पर रिट्राई हो गया हमारे हमारा खेल जोस के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए तो सामने दो बंदे दिखाई दिए देर में अभी फुल के साथ है। जा उसका। नहीं आया मैं बेटा है तो मैं तो इसको दूंगा अभी। तो इसको ले थोड़ा और चाहिए क्या अभी दूसरे वाले को भी मारना पड़ेगा अब टीम जल्दी से मारो ना उसको मैं ही मारूंगा इसको यार मैं मार दे, दे देता हूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार मैंने मार दिया तो सामने मेरे को लेफ्ट साइड से जाना नहीं इधर से जाना सही नहीं रहा मैं सामने से घूम के जाता हूँ फिर इधर से जाऊँगा तो एनिमी एमी देखने को मिलेगा शायद मेरा टीममेट है भाई टीममेट मेरे को कबा देना सामने एनिमी दिखाई दिया यहाँ से मारना सही मैं यहाँ पर वेट करता हूँ नीचे से एनिमी ऊपर की तरफ जा... जाएगा अभी देखकर ले एक गोली और थोड़ा इसको भी मर दिया बंदे आ गए भाई क्या करू मैं रुको रुको रुको पीछे से कोई नहीं आना चाहिए अभी टीम मेट कहा मर गए आ जा रुको तेरे भैस की टंग लिया अभी तेरे को भी बता दो रुक जा इसका भाई हो गया हमारा तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना तो कैसा लगा वीडियो तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग कमेंट कर ये लिख दो तो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो पर जय हिंद गुड बाय ऑल द बेस्ट